हेलो गाइज तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो आज इस दिवाली के मौके पर हम आपको कुछ पटाखे जला के दिखाएँगे कि उनसे प्रदूषण भी फैलता है आप लोगों को पता ही है कि पटाखे जलाने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम ये सब पटाखे दिख कैमरामैन दिखाइए पटाखे आप सभी के लिए चला के दिखाएँगे सभी के लिए दिखाएंगे मेरे साथ में है मेरा छोटा बेटा लड़का है तो आइए हम लोग पहले रॉकेट से शुरुआत करते हैं देखते हैं इस रॉकेट में कितना दम है और हाँ ये एक रॉकेट पांच रुपये का पड़ा है अभी देखते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। रॉकेट तो अब हम रॉकेट तो चला लिया अब बनाएंगे अनार और देखते हैं कि ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है या नहीं तो आप लोग बने रहिए वीडियो में चला, चला, चला, चला, देखते हैं। क्या कर रही है पीछे हो जा पीछे हो जा हमारे पैसे पूरे कर दिए जो पांच रुपए इसके ऊपर लगे थे अभी देखते हैं हम मियादी। आप लोगों ने इसे देखा है मैं इसे इसे जानता इसका इसका नाम नाम क्या है? इसका नाम है मियादी मिया अभी हम टेस्ट तो देखते कि थोड़ा केयरफुल तो आप लोग इसे कभी ट्राई मत करना क्योंकि ये अभी आपने देखा कि कैसे हमारे अंदर आ गया था आप लोग इसे कभी मत ट्राई करना मैं तो यही सलाह दूंगा अभी हम लोग ट्राई करेंगे ठीक है देखते <क्षण> हैं <क्षण> क्या कर पाता है चला तो प्रदूषण बहुत हो परनाल कौन भी सुनोगे इसने जी तुम जिस हिसाब से इसने धमाका किया चुछ है कुछ सुनाई भी नहीं दिया दो सेकंड के लिए हमारे कान बिल्कुल सुन्न हो गए थे और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे इसे ट्राई मत ना करें क्योंकि बम है बच्चे बिल्कुल ही ट्राई ना करें चलिए हम लोग अभी और देखते हैं अभी हम लोग क्या अभी हम लोग फिरकी चलाते हैं आप देख सकते हैं इसे फिरकी कहते हैं देखते हैं कि ये क्या कर पाती है नहन देना थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरे में डर लगता है गाइस हम्म डर लगता है थोड़ा ध्यान से मुझसे तो ये नहीं हो रहा अभी लास्ट बार ट्राई करेंगे मेरे सहयोगी तो एक एक तो आपने देख ही लिया फिर की कैसे चलती है हम तो एक और ट्राई करते हैं आपकी संतुष्टि के लिए लगता है क्योंकि पहले एक बारी इस फिरकी ने मेरा हाथ जला दिया था इसलिए वाह देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से फिरकी चलती है अभी हमारा मेन जो अनार बम अब हम अनार बम चलाएंगे देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा मतलब खुद का कर पाता है ट्राई करते हैं रहगा ज्यादा जबरदस्त हम लोग ऐसे ही आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए थैंक यू गाइस आज की वीडियो बहुत इच्छा थी थैंक यू